हे hey नमस्कार आप लोगों का टॉप ट्वेल्व क्लासेस के प्यारे से YouTube यूट्यूब पर स्वागत है कक्षा बारह की, की जो की प्यारे पिछले वाले में हम ने इसका एक पार्ट अध्ययन किया है जो की जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर, पर आधारित जो भी निमेरिकल थे वो कुछ सवाल हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है यदि आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है यदि नहीं देखा तो वो वीडियो जाके आप तुरंत दिखेगा आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो चलिए उनको स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा साथ ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज की जो है हमारी क्रम की जो है आठवा नंबर सवाल है क्या कर रहा है कि जो ये परिपथ बनाया गया एग्जाम में सबसे पहले बात तो जान लेते हैं 2016 और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया फुल तीन मार्क का क्वेश्चन कितने नंबर का नंबर का है अब तीन नंबर में क्या पूछ रहा है कि आपको एक परिपथ दिया गया है जहां पर दिखाया गया है कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और ये कोई कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व तो आपको दिया गया है या जिसका प्रेरकत्व जीरो दशमलव दी गई है और उसके बाद ये कोई प्रतिरोध है जिसका जो ओम जिसका जो प्रतिरोध है वो चालीस ओम के बराबर है अब हम अगर ध्यान में दिमाग में लगाएं तो ये हमारा किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल है चर्चा करें तो यहाँ पर L यह तो सवाल, सवाल आपसे पूछा जा रहा है एल आर सर्किट के लिए हम लोगों ने प्रतिबाधा भी ज्ञात किया है तो प्रतिभाधा का व्यंजक हमको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों तो प्रतिभाधा का व्यंजक होता है जो है एल सर्किट में प्रतिबाधा के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं जेड से व्यक्त करते हैं जेड इक्वल टू होता है अंडर कैपिटल आर का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यदि प्रतिबाधा निकालने की जरूरत पड़ी तो अब हम आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज दिया गया है और इसका प्रेरकत्व दिया गया है और इसका जो प्रतिरोध दिया गया तो सबसे पहले पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान तो हम इसका अधिकतम मान का फार्मूला जानते हैं I इक्वल टू वी बटे आर आई इक्वल टू वी बटे आर अब अधिकतम धारा की बात करेगा तो यहाँ नॉट लग जाएगा यहाँ भी नॉट लग जाएगा आर आर यहां प्रतिरोध नहीं है क्योंकि यल और आर के कारण जो भी रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रतिवादा कहते हैं जिसे आप जड्डे से व्यक्त करते हैं अर्थात पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं फिर धारा का वर्ग माध्यम माद। ये तो हम जानते हैं आई आई इक्वल टू होता है नॉट ये लगा लेंगे फिर आगे कर आप बोलता तथा धारा में कलांतर वो फाइव इक्वल टू टेन टेनवर्स करके हम लोग एक फार्मूला जानते हैं वहां से हम निकाल लेंगे उसकी टेंशन तो जरा सा भी नहीं लेना सबसे पहले तो अर्थात मुझे प्रतिबाधा की जरूरत पड़ने वाली है प्रतिबाधा के लिए हम हम लोग ये लिखेंगे। तो तो आइए सबसे सबसे पहले पहले जो-जो चीजें चीजें हमको डेटा उपलब्ध है, वो हम लिखते हैं। सबसे पहले आपको अगर पर देख पा तो वोल्टेज दिया गया चारो साइन तीन सौ दिया है तो ये जो समीकरण है इसको हम इस वाले समीकरण से हम तुलना कर देते हैं भैया साइन टी से करेंगे और जब कंपेयर करोगे तो कमाल की चीजें मिलेंगी अर्थात वोल्टेज की अधिकतम वैल्यू यहाँ कितना मिल जाएगा 400 कितना मिल जाएगा 400 सौ मिलेगा और उसके बाद आगे ओमेगा के स्थान पे 300 है गजब की चीजें ओमेगा के स्थान पे 300 मात्रक लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं रेडियन प्रति सेकंड हम लगा सकते हैं तो दो चीजें तो, मतलब तो दिया गया है एल की वैल्यू दी गई है जीरो दशमलव एक ही और प्रतिरोध आर की वैल्यू है चालीस ओम क्या इतनी बातें आपसे क्लियर हो रही होंगी उम्मीद है आपको कहीं भी समस्या नहीं हो रही होगी परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा तो तो तो फर्स्ट चीज के लिए मुझे प्रतिबाधा की जरूरत होगी तो पहले तो निकालते हैं परिपथ में या परिपथ का प्रतिबाधा तो परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वो जेड होता है जेड इक्वल टू फार्मूला मैंने ऊपर रखा है एक्सएल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर R की तो वैल्यू दी गई परंतु एक्स एल की वैल्यू नहीं दी गई है तो जरा सा भी हम नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं जो होता होता है है ना वो ओमेगा के बराबर होता है, तो क्या हम यहाँ ओमेगा एल रख सकते हैं बिल्कुल रखा जा सकता है प्लस कैपिटल आर का वर्क कर देंगे भाई ओमेगा एल ओमेगा की वैल्यू तो तीन है ना और एल की वैल्यू जीरो है जीरो तो दशमलव एक का गुना कर देते हैं ये प्लस आर की वैल्यू चालीस है तो तीसम तीस अर्थात तीस का वर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों तीस तो का वर्ग और प्लस ये आ जाएगा चालीस का वर्ग इसल करते हैं तो तीस का वर्ग करेंगे तो नौ सौ चालीस का वर्ग करेंगे सोलह सौ सोलह नौ पच्चीस सौ कितने आ जाएंगे पच्चीस सौ जिसका आप वर्गमूल निकाल दोगे पचास अर्थात प्रतिबाधा आ गया पचास ओम क्या आ गया पचास ओम अब आपको जब प्रतिभा प्राप्त हो गया तो आपको क्या पूछा परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान तो सबसे पहले हम परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा आई नॉट से व्यक्त करते हैं जो कि होता है कहां से लिया जा रहा क्योंकि हम जानते हो उनके नियम से I इक्वल टू वी बटे आर होता है आर के स्थान पे पर प्रतिभा जिड को उपयोग करेंगे तो वी नॉट वी नॉट की वैल्यू आपके पास है 400 है और जड की वैल्यू आपने 50 निकाला जीरो से जीरो की विदाई मतलब I की वैल्यू I 8 एम्पियर कितना आया भैया 8 एम्पियर आ गया फिर हम बात करते हैं अगर इसके सेकेंड नंबर का सेकेंड नंबर आपसे पूछा है आ, धारा का वर्ग माध्यम उलमान जिसे हम I आर से व्यक्त करते हैं जो की होता है आई नॉट बटे अंडर उलिये i नॉट की वैल्यू हम रखते हैं तो i नॉट की वैल्यू तो आपने आठ प्राप्त किया है बटे अंडरेंगे कर तो अंडर उ मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आठ अंडर उ और कड़ी दो और कड़ी दो का गुड़ा करेंगे दो आएगा दो चौके आठ तो आंसर आ गया चार करी में दो तो ये आगे सेकेंड पोर्सन का आ, आ, आ, आपका लास्ट में पूछा है थर्ड पोर्शन देखिए यहाँ फर्स्ट पोर्शन हमने फर्स्ट भाग यहाँ पहल कियाके कि यह तो थर्ड पोर्सन की थर्ड पोर्सन क्या है धारा और बोल्टता देखिये बोल्टता तथा धारा में कलांतर तो बोल्टता तथा धारा में कलांतर के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं अब क्या है बोल्टता तो भैया कलांतर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बटे आर क्या होता है एक्सेल बटे आर अब यहां पर एक्सएल की वैल्यू तो आपने निकाला है यहां देखिए यहां पर निकाले थे या तो देखिए ये देखिए एक्सेल की वैल्यू या तो आपको एक्सेल नहीं पता तो पलट दीजिए एक्सेल को हम निकाल रख देते हैं अब एल की वैल्यू तो हम रख नहीं सकते हैं। की वैल्यू कितनी है 400 है और एल, एल की है, की वैल्यू कितनी सॉरी वैल्यू 300 है कितना है 300 है 300 और एल, एल की वैल्यू आपको यहां दी गई देखिए 0.01 पॉइंट काटेंगे तो बटे टेन लग जाएंगे और आर कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास कितना है भाई चालीस है ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो 30 बटे चालीस बचेगा ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिएगा तो आप भाग देंगे तो लगभग भाग तो जाएगा नहीं पॉइंट लगाएंगे तो 4 से 28 हो जाएगा फिर सत आ जाएगा सात और पांच तो जीरो दसमलव सात पांच ये टेन फाइव की वैल्यू आई है फाइव चाहिए तो टेन इधर चला आएगा तो इधर आएगा तो यूनिवर्स में हो जाएगा जीरो तो ये आपको मिलेगी कलांतर की इस प्रकार यहाँ पर आपका, आपका आठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये थर्ड पोर्शन का आंसर था ये ये पोर्शन का था ये फर्स्ट पोर्शन का आपका आंसर था तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों मैं व्हाइट बोर्ड के सामने से हट जा रहा हूँ बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न नंबर नौ का जो की आपका दो में तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ये दो के एग्जाम में पूछा गया था तो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर नौ का यदि आप एग्जाम में बैठे होते 2011 के दौरान तो क्या आप इस सवाल को लगा सकते हैं ये उम्मीद कीजिए कि ये सवाल हमको ही मिल रहा है क्या हम लगा सकते हैं तो आप इसी समय वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को लगाना स्टार्ट कीजिए क्या दिया गया चलिए हम आप लोगों के साथ हल करते हैं मदद करते हैं जीरो दशमलव दो हेनरी प्रेरको अर्थात तो, तो सौ ओम, तो तो ओम प्रतिरोध अर्थात कैपिटल आर की वैल्यू आपको दी है सौ आगे हम बात करें श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए अर्थात इस प्रकार जुड़े होंगे आगे कर आप बोल्ट का कितनी बोल्टता लगाई गई है इस बार तो ये वो था इस बार ये है बोल्टता कितनी लगाई गई है लगाई गई है छ साइन पान सो ओमेगा अर्थात वोल्टेज की वैल्यू दी गई है वोल्टेज की वैल्यू दी गई है छ साइन पान सो ओमेगा यही है ना चलिए ओमेगा नहीं है वहां पर केवल टी है चलिए अच्छी बात है अब हम करते क्या है ये चीजें आपको दी गई है आगे का करा धारा तथा लगाई गई में कलांतर प्रतिबाधा और औसत शक्ति तीन क्वेश्चन पूछा मतलब फर्स्ट भाग में आपको कलांतर ज्ञात करना है और सेकेंड भाग में आपको सेकेंड भाग में प्रतिबाधा अर्थात जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है अच्छी बात है और थर्ड पोर्सन में आपको औसत शक्ति मतलब पी एवरेज की वैल्यू ज्ञात करनी है तीन तीनों क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं परंतु सबसे पहले ये जो वोल्टेज की जो समीकरण है ना इसको व्यापक रूप से तुलना करते हैं तुलना करने पर क्या करने पर करने पर पर भैया तुलना जैसे ही तुलना करोगे ना तो वी नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी मिलेगी छ कितना मिलेगा छ बोल्ट और उमेगा की वैल्यू तो आराम से हम पा जाएंगे पांच कितना मिल जाएगा 500 रेडियन प्रति सेकेंड ठीक तो आइए अब हम सबसे पहले कलांतर को ज्ञात करते हैं कलांतर की वैल्यू फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू एक्सेल बटे आर अब बताइए एक्सएल की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता नहीं है परंतु हम एक्सेल की वैल्यू उमेगा l भी रख सकते हैं तो उमेगा l बटे क्या हो जाएगा r हो जाएगा आप ओमेगा की वैल्यू तो है 500 और कैपिटल एल एल की वैल्यू तो हमारे पास दिया है ना यहाँ देखिए 0.2 है तो 0.2 पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 आ जाएगा और कैपिटल आर आर की वैल्यू आपको 100 ओम दिया है चलिए इस पॉइंट 10 जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आपके पास आएगा 50 दूनी 100 सौ बटे सौ देख पा रहे होंगे पचास सौ ये कट जा रहा तो आपको मिला टेन बराबर एक अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक किसकी वैल्यू होती है लगभग आपको पता होना चाहिए सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि टेन पैतालीस की वैल्यू एक होती है तो हम यहाँ टेन फाइव बराबर रख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल होगा तो phi की वैल्यू आ जाएगी 45 अर्थात कितना कलांतर है है? की कलांतर है है 45 की अब आगे पूछ प्रतिभा अंडरवुट में एक्सेल का स्क्वायर क्या एक्सेल का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का वर्ग अब एक्सेल की वैल्यू तो उमेगा एल होता है स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो गया चलिए ओमेगा यल की वैल्यू तो हमको पता ही होगा ओमेगा की की वैल्यू अभी आपने निकाला था देखिए यहाँ पर हल किए थे 100 आया था तो डायरेक्टली अगर हम 100 का वर्क कर दिए प्लस आर आर की वैल्यू आपको भी दी गई है 100 तो चलिए 100 का वर्क करते हैं तो भैया 100 का जब आप इनका वर्क करोगे तो ये थोड़ा सा स्टेप हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो सौ का वर्क करोगे तो दस आ जाएंगे और उसका भी दस हजार अगर हम इनको जोड़ दिया जाए तो दस हजार दस हजार जोड़ेंगे तो शायद बीस हजार आ जाएगा अब आप इनका वर्गमूल निकाल लीजिए तो लगभग इनका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा आपको पता होना चाहिए तो यहां से लेके यहां तक का तो आपको पता होगा जैसे मैंने कहा कि भाई देखो, तो इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 100 अंडर उड दो ओम आएगा ये जेड की वैल्यू प्राप्त कर लिए आप जेड की वैल्यू आ गई 100 अंडर उड दो ओम अब आपसे पूछा है औसत शक्ति आइए ये थर्ड पोर्शन हम लोग यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं औसत शक्ति तो औसत शक्ति के लिए मैंने फार्मूला बता के रखा पी होता है वी आई तो वी आर एम एस की वैल्यू तो आपको नहीं पता है न तो आई आर एम एस की वैल्यू पता बिल्कुल नहीं पता हम हड़बड़ाएंगे जरा सा भी नहीं उसको तो हम आराम आराम से निकाल लेंगे भैया होता है आपको है और अंडर रख देते हैं ठीक कोई दिक्कत नहीं जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद आई आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नॉट बटे अंडर अब आई नॉट की भी वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए ना क्या आपको नहीं पता i नॉट की वैल्यू नहीं पता तो हम आराम से निकाल लेंगे i नॉट की वैल्यू हो जाएगा वी नॉट बटेड क्या है चलिए v की वैल्यू तो जानते होंगे v की वैल्यू अच्छा है और ये z z अपना प्रतिवाधा अपना नहीं इस परिपथ का प्रतिवाधा होता है भाई जो की है सो कर्डी में टू सौ कर् में टू मल्टीप्लाई क्योंकि आप इनको ऊपर की तरफ लेके जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या कहीं दिक्कत है नहीं होना चाहिए अब भाई का में गुड़ा कर देंगे तो कितना तीन बटे सौ थोड़ी सी यहाँ पर आपको समझना होगा यहाँ पर ये आई आर एम एस की वैल्यू आ गई तो चलिए हम वहां पर रखते हैं आसानी से वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास है छी में टू और आई आर एम एस की वैल्यू है तीन बटे सौ और काल्यू तो अंश पैतालीस आपने निकाला था और काश पैतालीस अंश का मान आपको पता होना चाहिए इतना तो पता ही होना चाहिए काश पैतालीस अंश का मान होता है जो साइन पैतालीस का होता है अब साइन पैतालीस का मान होता है एक बटे कलड़ी में दो होता है तो काश 45 की भी वैल्यू वही हो जाएगी एक बटे कलड़ी में दो अब आप देखिए इनका इनका गुना कर देंगे तो ये दो हो जाएगा ना तो दो हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा दो दो सौ दुनी दो सौ मतलब मिलाजुला के तीन बटे दो सौ आ जाएगा अब आप उनमें भाग दे दीजिए तो भाग देने के बाद आपको आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा यदि आप भाग देंगे तो लगभग देख लेते हैं भाग देने के बाद कितना आने वाला है यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपसे थोड़ी सी यहाँ हुआ है यहाँ पर छह ठीक आप ऊपर एक लिखे थे हम हाँ, लोग भूल गए छह लिखना हाँ। तो अब छह तरीक अठारह तो ये अठारह बटे दो सौ हो जाएंगे अब जब आप इन्हें भाग देंगे ना तो जीरो दशमलव जीरो नौ और आठ ठीक तो इस प्रकार आपका जो थर्ड पोर्सन था वो भी कम्प्लीट होता है थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हमने फर्स्ट कहाँ लगाया सेकंड कहां लगाया, लगाया। फर्स्ट भाग मैंने यहाँ पर हल किया सेकंड भाग आपको मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया और थर्ड पोर्शन जब हल करने लगे तो वीआरएमएस और आईआरएमएस की जरूरत पड़ी तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया इस प्रकार आपका थर्ड पोर्शन भी यहाँ कंप्लीट होता है तो आठ और नौ नंबर ये रहे आपके और जो की दोनों सवाल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं आप इनका स्क्रीन लीजिएगा फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में बोल्टीवल v दो सो साइन तीन सौ टी दिया गया है और परिपथ में प्रतिरोध जो है 40 ओम है तथा दशमलव है वो भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ का में औसत शक्ति ज्ञात कीजिए तो आपको ये देख पा रहे होंगे कि ये R दिया है ये L दिया है और वो समीकरण दिया गया है तो लो देने से आप समझ सकते हैं कि ये पर सवाल आधारित है अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 लगाया कैसे जाएगा तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 में सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया गया है V इक्वल टू दो सौ फिर तीन सौ दिया गया है का तुलना करते हैं किससे तुलना करेंगे इसके व्यापक समीकरण से तो इससे तुलना कर देते हैं जैसे ही आप तुलना करोगे V के स्थान पे 200 की वैल्यू मिल जाएगी अर्थात तो की वैल्यू आ जाएगी 200 सौ बोल्ट और साथ में अच्छी बातें और क्या आपको प्राप्त हो सकती है कि यहां देखिए उमेगा उमेगा के स्थान पे 300 है देख रहे हैं ना तो उमेगा के स्थान पे तीन मिल जाएगा चलिए अब ये टी और टी तो नहीं रहेंगे क्योंकि में है तो मेगा की वैल्यू 300 सौ मिल चुका है अब आगे क्या दे रहा है कि परिपथ में प्रतिरोध जो है वो है, की जो है वो है है है वो वो 40 40 अर्थात की और की वैल्यू जो है जीरो दशमलव एक हेनरी है। कितनी है जीरो दशमलव एक तो परिपथ में औसत शक्ति अर्थात पी एवरेज ज्ञात करना है तो हमारे ध्यान में ये आना चाहिए कि पी एवरेज का फार्मूला तो हमारे पास होता है पी एवरेज इक्वल टू होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव ये फार्मूला होता है तो हमको वी आर एम एस की जरूरत पड़ेगी आर एम एस की जरूरत पड़ेगी तो आइए और दोनों निकाल लेते हैं फिर आगे आगे की तरफ तरफरेज को ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों तो बात करते हैं कि वी आर एम एस और आई आर एम एस निकलेंगे कैसे तो आई वी आर एम एस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको वी नॉट की वैल्यू पता है परंतु यहाँ आई नॉट की वैल्यू नहीं पता है और आई नाट करने के लिए हमें प्रतिवाधा की जरूरत पड़ने वाली है तो सबसे पहले हम प्रतिवाधा को कैलकुलेट करेंगे तो प्रतिवाधा जेड इक्वल टू होता है जब कौन सा परिपथ हो एलआर आर परिपथ हो तो उस समय प्रतिवाधा होता है एक्सेल का स्क्वायर प्लस होता है आर का स्क्वायर अब एक्सेल तो आपको नहीं पता है तो एक्सएल नहीं पता तो हम एक्सएल के स्थान पे ओमेगा एल रख सकते हैं क्या रख सकते हैं ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर अब हम यहाँ पर ओमेगा एल की वैल्यू रख लेते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी है देखिए ओमेगा की वैल्यू 300 है और गुणे एल एल की वैल्यू वही 0.1 है, है। यहां से पॉइंट काट के बटे दस लगा दिए इनका स्क्वायर कर लिए प्लस कैपिटल आर आर की वैल्यू तो आपके पास 40 है ये 40 का वर्क कर लिया ये जीरो से जीरो काट दीजिए 30 का गुना एक से कर दीजिए तो 30 आ जाएंगे का ये 40 का होल 30 का वर्क कर देंगे तो भैया 900 आएंगे और 40 का वर्क कर देंगे तो सोलह आएगा 16 नौ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा पच्चीस और इसका जब आप स्क्वायर इस यानी इसको बाहर ले आएंगे तो ये पचास आ जाएगा तो ये जो जेड की वैल्यू आई है ये 50 ओम आया है कितना आया है 50 ओम क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी यदि आपको पी, जड़ की वैल्यू मिल गई तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं तो आइए सबसे पहले हम वी आर एम एस ज्ञात करते हैं तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है वी नॉट बटे अंडर उट की वैल्यू आपके पास है दो सौ बटे अंडर उठी अब हमको आई आर एम एस की जरूरत पड़ेगी तो आई आर एम एस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको आई नॉट की वैल्यू पता होना चाहिए चलिए आई नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट बटे आर आर के स्थान पे यहां जेड होगा क्योंकि प्रतिबाधा है इसलिए ये आर कभी मत रखिएगा आप यहाँ पर तो अगर हमको आई नॉट की जरूरत पड़ेगी तो आई नॉट इक्वल की वैल्यू कितनी है 200 है और जेड की वैल्यू कितनी है 50 कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएंगे अर्थात आई नॉट की वैल्यू 4 आई है चलिए ये 4 रख दिए और यहाँ पर अंडर रूट 2 रख दिए अब हम बात करेंगे एवरेज की फ, आ, बात करते हैं क्या हमको ज्ञात करना था पी एवरेज तो पी एवरेज इक्वल टू होता है cos cos अर्थात का यहां पर आपको कलांतर की जरूरत पड़ती है अब हम करते क्या है थोड़ा सा अब आपके पास यहां पर फाइव की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम phi को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला और होता है हम जानते हैं कि जो यहाँ होता है cos phi बराबर होता है आर बटेजेड आर बटेजेड अभी हमने इस फार्मूले की चर्चा नहीं किया पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी पर रहने वाली है तो इसके लिए हमको थोड़ी सी खेद है हमने इस का चर्चा नहीं किया है कहीं पर पूछ लेना आप उसके लिए जरा सा भी टेंशन ना लीजिए जो अब, अब देखिए वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है वी नॉट बटे अंडर टू और वी नॉट की वैल्यू तो हमने वहां रखा है ना देखिये कितना है 200 में दो, और दोल्यू चार कर दो इंटू कॉस फाइव तो cos phi के स्थान पे अब हम क्या रखने वाले हैं R बटे जेड आर बटे जेड चलिए ये आगे 200 सौ में दो मल्टीप्लाई चार बटे कड़ी में दो मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है चालीस है और जड की वैल्यू आपने यहां पर देखा भी निकाले थे पचास था चलिए कैंसिल करते हैं पचास चौके दो सौ कैंसिल हो गए अब हम जानते हैं ये अंडर उड़ दो अंडर उड़ दो का गुना करेंगे तो कितना आएगा दो आएगा तो ये इनको कैंसिल करेगा केवल किसी एक को चाहे जिसको आप कैंसिल कर लीजिएगा तो चलिए चार चौकी सोलह गुने ऊपर चालीस बचा है इनका इनका गुणा करेंगे दो और इनसे काट देंगे तो दो अट्ठे सोलह अब गुणा कर देते हैं तो तीन सौ बीस वाट आएगा पी एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी तीन सौ बीस वाट आएगा इस प्रकार प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब आपका यहां पर मिल जाता है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सवाल किसी किसी है। है हल किया प्यारे बच्चो ये दो हजार बारह में पूछा गया था और अब जो आप सॉल्व करने जाने वाले हैं वो दो हजार उन्नीस और चौदह में पूछा है उन्नीस और चौदह में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों दो नंबर का तो चलिए हम आसानी से उनको भी ज्ञात ही कर लेते हैं बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का और जो कि 2019 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है अब वो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है 0.21 दशमलव हैनरी अर्थात ये आपको L दिया गया है किसी भी कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है वो आपको दिया गया है तो सबसे पहले हम एल लिखते हैं एल इक्वल टू है जीरो हेनरी दी गई है आगे कह रहा है का, का प्रेरक तथा 12 ओम का प्रतिरोध मतलब जो ये 12 ओम का प्रतिरोध है ये कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है क्या दी गई है कैपिटल आर इक्वल टू आपको दिया गया है 12 ओम दिया गया है आगे हम बात करें प्रतिरोध 220 सौ बोल्ट एवं 50 हर्ट्ज ये जो 220 सौ बोल्ट दिए गए हैं ये आपको V की वैल्यू दी गई है वहां पर अधिकतम की तो बात नहीं किया है आप देख सकते हैं एक बार इस क्वेश्चन को मिला लिए जाते हैं क्या अधिकतम की चर्चा की है नहीं अधिकतम का चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया है इसलिए हमारे पास ये V नॉट की वैल्यू नहीं है ये हमारा क्या है V है तो V की वैल्यू कितनी है दो वोल्ट है ठीक अब आगे हम बात करते हैं एवं पचास हर्टेज आप के अर्थात फ्रीक्वेंसी भी दी गई है कोई दिक्कत नहीं पचास के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है तो परिपथ में धारा का मान अर्थात आपको सबसे पहले आई ज्ञात करनी है फिर धारा विभवांतर में कलांतर अर्थात फाई की वैल्यू भी ज्ञात करनी है तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे एकदम मजे लेकर सवाल को सोल्व सा, करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर ये आप देखिए आई है तो आई ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला तो परंतु जिड हमको यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहे हैं तो हम जिड ज्ञात कर लेते हैं तो सबसे पहले जिड ज्ञात करते हैं तो हम निकालते हैं परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ की प्रतिबाधा तो चलिए प्यारे बच्चों परिपथ की हम प्रतिबादा ज्ञात ही कर लेते हैं तो जड है। लगा? लगा है। इक्वल अब आप देखिए यहाँ पर एक्सएल बराबर इतनी देर तक हम लोग ओमेगा इंटू एल रखते थे l तो आपके पास है परंतु ओमेगा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है तो हम एक चीज और जानते हैं कि एक्सेल को हमने पढ़ा है उमेगा एल तो रखते हैं परंतु उमेगा को टू पाई एफ रखते हैं और ये एल अपने स्थान पर रहेगा तो हम क्या ये डायरेक्टली रख सकते हैं एक्सएल के स्थान पे टू पाई एफ एल रख दिए स्क्यार प्लस कैपिटल आर का वर्क हो जाएगा चलिए आगे हम बात करते हैं टू का वर्क करेंगे तो चार आ जाएगा पाई का वर्क करेंगे तो पाई स्क्यार हो जाएगा का करेंगे तो और और ये ये साथ में प्लस का अब डिजिट रखनी रखनी है है सब है सबकी कुछ भी नहीं है। ये चार हो गए पाई की तीन एक चार होता ही है ये गुना कर दीजिए की वैल्यू आपके पास है पचास का होल इसका इनटू कैपिटल एल कैपिटल एल की भी वैल्यू है जीरो का होल इसका और प्लस कैपिटल आर आर की भी वैल्यू आपके पास है 12 का इन वर्ग वर्ग करेंगे, करेंगे, करके हल करेंगे, हल करने के बाद जो आपको मिलने वाला है, वो हम लोगों ने उसे पहले ही हल करके रखा है कि इनकी जो वैल्यू आपको मिलेगी ना वो मिल जाएगी टोटली आपको इनको वैल्यू मिलेगी सड़सठ अर्थात आप इनको हल करोगे अंडर वर्ग निकालोगे तो लगभग 66.02 वो मिलने वाला है ये जेड की वैल्यू है अब जब आप जिड ज्ञात ही कर लिए तो अब आपसे इसमें सबसे पहला है परिपथ में धारा तो परिपथ में धारा आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर परिपथ में धारा आई इक्वल टू होता है वी बटे जिड अब वी की वैल्यू आपके पास तो है ना 220 सौ और जिड की वैल्यू आपने निकाला है सड़सठ दसमलव जीरो दो या हम इनको डिवाइड करते हैं 220 डिवाइडेड सड़सठ पॉइंट जीरो टू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग लगभग आएगा तीन दशमलव दो आठ एम्पियर कितना आएगा तीन दशमलव दो आठ एम्पियर इस प्रकार आप आई को कैलकुलेट कर लेंगे जो आपसे फर्स्ट पोर्सन में पूछ रहा था अब यहीं पर सेकंड पोर्शन में आपसे पूछा है क्या पूछा है कलांतर क्या पूछा है कलांतर ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा तो कलांतर के लिए हम व्यंजक लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कलांतर के लिए फार्मूला था tan phi इक्वल टू क्या था एक्सेल बटे आर एक्सेल बटे आर अब एक्सेल की वैल्यू हम जानते हैं 2πf अभी हमने रखा था L बटे आर चलिए सबकी वैल्यू रख लेते हैं 2π की वैल्यू 3.14 दशमलव एफ की वैल्यू 50 और L की वैल्यू 0.2 दशमलव एक बटे कैपिटल R तो कैपिटल R को लिखने से पहले थोड़ा सा इसमें स्पेस देते हैं हल करने में हम लोगों को आसान रहेगा कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास 12 है चलिए इस इस पॉइंट पॉइंट को को कटाएंगे कटाएंगे तो 100 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे देंगे हम हैं 50 50 50 200, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा भैया अब आपके पास देखिये वहां 21 बचा है ऊपर 314 बचा है नीचे 12 गुने सौ बच्चे है तो हम लिखते हैं इनको 314 सौ गुने इक्कीस और यहा बारह गुने सो. क्या कुछ ऐसा चीज पॉसिबल है जो कि कट जाए बिल्कुल कटेगा तीन चौके बारह तीन सत्य इक्कीस ये सब आपको आसान कर देंगे अब यहाँ भी कटा सकते हैं इसको भी कटा जाए तो चार सत्य अट्ठाईस ठीक बचा यहाँ तीन फिलहाल दो से कटाइए तो देखिए कट जाएंगे दो से कट जाएंगे या तो नहीं कट रहे हैं तो आप गुना करके भाग कर दीजिए जाने दीजिए यार बच्चों जब आप इनको गुना करके भाग करेंगे तो आपका लगभग लगभग पांच दशमलव पांच आने वाला है चलिए देख लेते हैं भाग करने के बाद क्या मिलेगा तो तीन सौ चौदह गुणे सात करना है ना तो जब सात करेंगे इक्कीस सौ अट्ठानबे आएगा इक्कीस सौ अट्ठानबे डिवाइड चार सौ चलिए तो भागे कर दे दिया जाए चार सौ तो पांच दसमलव चार नौ पांच आ तो ये पांच phi की वैल्यू आई किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों phi की पांच दसमलव चार अब टेन को इधर करेंगे तो phi इक्वल टू आ जाएगा टेन इन वर्ष पांच दसमलव ये रहा आपका जो कलांतर ये रहा आपके प्रश्नों का जो है कलांतर प्यारे बच्चों आप यहां से और यहां से इन दोनों सवालों को नोट कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करने बारहवा नंबर है ये आपसे क्या कर रहा है ये दो हजार ग्यारह में या दो हजार बारह में ऐसा करके पूछा गया है चलिए तो क्या कर रहा बीस बोल्ट पचास वाट के लैंप को 200 सौ बोल्ट और 50 हल्टज की प्रत्यावर्ती विद्युत से जलाना है अर्थात कोई बल्ब है जिसका जो वोल्टेज है, वो है, है, वो है।, तो है वो लिख देते हैं पावर कितना दिया गया है पांच वाट है कितना है पांच वाट है और साथ में जो वोल्टेज दिया गया है वो भी इक्वल टू बीस वोल्ट है ठीक भैया आगे क्या कर रहा है कि लैंपो को 200 सौ अर्थात अगला जो विभव है जो जो प्रत्यावर्ती स्रोत का है वो V बी डेक्वल टू कितना है 200 बोल्ट कितना है दो सौ है और उसकी आवृत्ति कितनी है 50 हर कितना है 50 हर है कर प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जलाना है इसके लिए प्रेरकत्व को अर्थात जो एक्सेल है वो श्रेणी क्रम में जोड़नी होगी तो उस प्रेरकत्व की वैल्यू बतानी एक्सएल की वैल्यू बतानी है, हम देखते है कितने जो जोड़ना उसकी कितनी तो भैया इसमें ज्ञात क्या करना है क्या बच्चों एक्सएल को ज्ञात करना है तो एक्सएल को हमारे पास ज्ञात करने का एक ही तरीके तो ऐसे करके वहां पर निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसके लिए एक्सेल की वैल्यू पता होना चाहिए कि पर पर आपको देखिए तो में होगी अर्थात यहाँ एक्सेल नहीं बल्कि आपके पास क्या ज्ञात करने के लिए पूछा बच्चों एल की वैल्यू पूछा है यानी जो आप प्रेरकत्व तो जोड़ोगे ना जो प्रेरकत्व तो जोड़ोगे उसकी वैल्यू कितनी हुँ? वो उसकी कितनी प्रे... तो होना चाहिए वो आपको ज्ञात करना है तो आइए हम इनको आसानी से ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं प्यारे बच्चों प्रति इनसे क्या ज्ञात करते हैं हमको दिया गया है पी, क्या दिया गया है, है। यहाँ से हम कैपिटल आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते क्योंकि हमारे पास और आर में एक रिलेशन आता है तो हम लिखेंगे लैम्प का प्रतिरोध यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं लैम्प के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध क्या प्यारे बच्चो के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध की बात किया जाए तो जो प्रतिरोध होगा वो R R प्रतिरोध होगा क्या होगा अब कैसे आ रहा हाँ? आप यहां से ध्यान रखिएगा P इक्वल टू V इंटू आई होता है आई मुझे नहीं पता है तो के स्थान पे V बटे आर रखेंगे तो V स्क्र बटे आर होगा ना तो यही तो V स्क्र बटी पी अब V की वैल्यू यहां पर दी गई है देखिए 20 गुणे बीस है और P P की वैल्यू कितनी है 5 है 5 पांच 20 20 चौके 80 तो 80 ओम आ जाएगा प्रतिरोध R आ जाएगा अब अगर हम यही बात कर ले लैंप में प्रवाहित होने वाली धारा यदि हम इसी यहीं पर चर्चा कर ले, प्रवाहित धारा लैंप में प्रवाहित प्रवाहित धारा धारा तो धारा के लिए होता है, I v I v बीस है कितना है है और R की वैल्यू आपके पास अस्सी है जीरो से जीरो दो एक के दो, दो के आर मतलब इसको एक बटे आप इसे हल करेंगे तो जीरो दशमलव दो पांच बात करते हैं अब परिपथ में प्रतिबाधा की किसकी चर्चा करते हैं परिपथ में प्रतिबाधा तो परिपथ में प्रतिबाधा आप दिमाग पर जोड़ डालिए कि प्रतिबाधा करता क्या रुकावट उत्पन्न करता है ना परिपथ में क्या करता है रुकावट उत्पन्न करता है तो रुकावट उत्पन्न करता है तो उसके लिए हमारे पास भी आ, आर इक्वल टू होता था वी बेटी आई अगर हम इस फॉर्मूले की मदद लें तो आर के स्थान पे जड है और वी के स्थान पे आपका कौन सा भी है? वी है ठीक और उसके बाद आई आई तो आपका वही है चलिए अब देखिए वी डेस की वैल्यू आपके पास 200 है और आई की वैल्यू जीरो दशमलव दो पांच अब आप इनको हल करेंगे तो आएगा आपका आठ कितना आएगा आठ सौ बात ये जड की वैल्यू आ गई अर्थात जड की वैल्यू आ गई 800 ओम ओ यह आपने जड ज्ञात कर लिया अब प्रतिवाधा इक्वल टू फार्मूला होता है एक और फार्मूला होता हम लोग जानते हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्सएल का स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर यहां पर वैल्यू रखते हैं जेड की वैल्यू कितनी है आठ का वर्ग और बराबर एक्सेल अब देखिए यहां पर आपको एक्सएल नहीं पता है एक्सेल यहां से ज्ञात करेंगे कैपिटल आर की वैल्यू पता 80 आप इनका वर्क कर दीजिए ये 64 है फिर चार जीरो हो जाएंगे बराबर अब देखिए बराबर आ गया एक्सएल का स्क्वायर इनका वर्क करेंगे तो चौसठ डबल जीरो ये चीज आप इधर ला दीजिए तो प्लस वाला इधर आएगा तो भैया माइनस हो जाएंगे ना क्या हो जाएंगे माइनस छह चार डबल जीरो का स्क्वायर अब आप इनको हल कीजिएगा इनमें से ये माइनस कीजिए फिर उसका वर्गमूल निकालिए चलिए माइनस कर लेते हैं या माइनस करने के बाद इनका वर्गमूल निकालते हैं तो भैया है इनका माइनस करने के बाद आएगा तिरसठ छत्तीस डबल जीरो इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से लिखिएगा तिरसठ तिरसठ छत्तीस डबल जीरो इक्वल टू एक्सेल का स्क्वायर अब हम एक्सएल का यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा एक्सेल इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों तिरसठ तिरसठ छत्तीस डबल जीरो अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा सात सौ पंचानवे अगर आप सोचिए चौसठ सौ सो पूरा रहा होता या चौसठ के करीब रहा होता तो आप आठ का कुछ लिख सकते थे आठ सौ या आठ हजार तो ये तिरसठ छत्तीस डबल जीरो है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सात सौ पंचानवे लगभग आएगा ये एक्सेल की वैल्यू आई तो आपको एक्सएल नहीं ज्ञाप करना आपको एल ज्ञात करना क्या ज्ञात करना ज्ञात तो एक कर सकते हैं एक्सएल की वैल्यू कितनी आती आई है आपकी सात ये टू पाई की वैल्यू तीन दशमलव एक चार एफ की वैल्यू यहाँ पर दी गई है पचास है गुणे अब अब को को इधर इधर छोड़ दीजिए दीजिए बाकी को जो गुणा वाले हैं ला सब सब भाग में आ जाएंगे। तो ये सी, सी, सी सब भाग में में आ आ जाएंगे जाएंगे तो ये चीज 3.14 50 आप इनको हल करेंगे बच्चों ये पॉइंट से तो पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा गुणा भाग करना है गुणा भाग करने के बाद आपका दो लगभग आएगा अर्थात L की वैल्यू आपको प्राप्त होगी दो दशमलव तो को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों और इसी सवाल के साथ आज की लेक्चर हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों आई होप कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था उन टॉपिक पर आधारित जितने न्यूमेरिकल थे वो न्यूमेरिकल आपको जरूर समझ में आया होगा और उम्मीद करते होंगे कि यूपी बोर्ड में अब भी अब आने वाले यूपी बोर्ड में जो भी इस, इस का इसका आएगा आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे कुछ सवाल प्यारे बच्चों आप अपने आप से अभ्यास कीजिएगा जो सवाल यहाँ बताए गए हैं इतनी सवाल आपके लिए काफी नहीं होने वाला है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप वीडियो देखिए इंजॉय कीजिए दोस्तों और अपने आप से किए गए अपने माता पिता से किए गए वादे को मत भूलिएगा प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत थैंक यूर स्टूडेंट